जय हिंद तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ह्यूमन स्किल्टन सिस्टम होता है मानव कंकाल तंत्र उसके बारे में बात करने वाले हैं तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा ह्यूमन स्किल्टन सिस्टम होता है मानव कंकाल तंत्र होता है यह दो पार्ट में विभाजित होता है कौन कौन से पार्ट में दो पार्ट में एक होता है एक जो स्केल्टन सिस्टम और एक होता है इंडोक्स स्केल्टन सिस्टम इसका मतलब क्या होता है बाह्य मतलब जो हमें बाहर से दिखाई दे बाह्य कंकाल तंत्र बाह्य कंकाल तंत्र और यह कैसा होता है या होता है आंतरिक कंकाल तंत्र मतलब जो हमें दिखाई ना दे आंतरिक कंकाल तंत्र यह हमारे बॉडी के अंदर में पाया जाता है आंतरिक कंकाल तंत्र तो सिस्टम दो होते हैं एक होता है, एक जो एक होता है शीक्ट्रार शीक्ट्रार। तो इसमें हम, लो तो इस हम लोगों का आता है नाखून क्या आता है नाखून आता है और जो गाय भैंस होते हैं उनके सिंघ जो होते हैं वो इसी में आते हैं फिर इसके बाद आता है उनका खोर और क्या आता है जो आर्थोपोडा के इंसेक्ट होते हैं जो आर्थोपोडा संघ के इंसेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है जैसे काकरोच हो गया हम तो इसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है काइटिन का तो इसका जो कंकाल तंत्र होता है जो काकोच होता है जो इसका कंकाल तंत्र होता है किसका काकरोच का इसका कंकाल तंत्र कैसा होता है बाह्य कंकाल तंत्र होता है बाय कंकाल तंत्र के इतने पार्ट होते हैं एक होता है नाखोर सेंगर इसके बाद जो आर्थोपोडा जो आर्थोपोडा जीव के संग संघ के जीव होते हैं उसका जो इंसेक्ट होता है इंसेक्ट में कौन आता है काकरोच आता है जो काकोच का कंकाल बना होता है जो बाय कंकाल होता है वह जो कंकाल होता है वह कैसा होता है वह बाह कंकाल होता है एक जो स्किल सिस्टम होता है तथा जो उसका बाह कंकाल बना होता है वह किसका बना होता है काइटीन का बना होता है हमें केवल एक जो स्कल्टन सिस्टम में इतना ही पढ़ना है इस एक जो स्कल्टन सिस्टम में हमारे नाखून आते हैं सींग आता है खूर आता है और आर जो आर्थोपोडा संघ का इंसेक्ट है जिसका नाम है काकरोज, उसका जो आवरण है जो कंकाल तंत्र है, तंत्र है और जो आवरण है, का है तो इतना हम लोग में. में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है अब आइए हम लोग इंडो स्कल्टन सिस्टम की तरफ चलते हैं तो जो इंडो सिस्टम होता है दो टाइप का होता है एक होता है इसमें कुछ समझ उपास्थी बलें पाई जाती हैं कुछ उपास्थियाँ कुछ उपास्थियाँ जिसे क्या बोलते हैं कार्टिलेज जिसे बोलते हैं कार्टिलेज और क्या पाया जाता है दो सौ छंस पाई जाती हैं दो सौ छ बोन्स पाई जाती हैं जो 206 सौ छह हड्डियाँ पाई जाती हैं वह इंडो सिस्टम मतलब हमारे शरीर के अंदर होती हैं और जो ये सब खोर सेंग नाखून ये सब पाए जाते हैं हमारे शरीर के बाहर वाले कंकाल तंत्र में पाए जाते हैं तो इसमें हम लोगों का क्या आता है कुछ उपासती सम कार्टिलेज आते हैं एंड 206 बोन्स आते हैं तो इतना होता है इंडो सिस्टम में आप लोग लिख लीजिए स्क्रीन ले लीजिए फिर इसके बाद आइए आप आगे चलते हैं अब हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में कार्टिलेज के बारे में तो आइए इसके बारे में जानते हैं तो अब हम लोग इंडो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एक जो स्केल्टन सिस्टम के बारे में हमने जान लिया तो जो इंडो सिस्टम होता है इंडो सिस्टम या दो होता है पहला क्या होता है एक होता है कार्टिलेज उपास्थि और क्या होता है 206 बोन्स पाए जाते हैं 206 बोन्स तो इसमें हम लोगों को पहला पढ़ना है क्या कार्टिलेज तो पहला हम लोगों का क्या है कार्टिलेज तो कार्टिलेज क्या होता है जिसे हम लोग तोड़ मरोड़ सकते हैं तथा उसमें दर्द भी ना हो इसके साथ साथ तोडने मरोड़ने पर भी वह अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं जैसे यह हमारा कान है इसे तो हम लोग ऐसे तोड़ मरोड़ सकते हैं चाहे जैसे करें लेकिन छोड़ने के पश्चात यह पुनः अपनी अवस्था में आ गया हमारा नाक है चाहे हम लोग इसको ऐसे वैसे ऐठे लेकिन कुछ समय के पश्चात अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं काटिलेज बोलते हैं मतलब यहाँ क्या होता है तोड़ने मरोड़ने पर तोड़ने मरोड़ने पर पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाए पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाए अवस्था में आ जाए तो उसे कार्टिलेज कहते हैं तो उसे कार्टिलेज कहते हैं तो उसे कार्टिलेज कहते हैं इसका एग्जाम्पल तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा नाक हो गया कान हो गया इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं, जो इंडो सिस्टम का जो कार्टिलेज होता है वह यह होता है कि इसे तोड़ने मड़ोड़ने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाए और इसका एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल क्या है नाक है और कान है तो आइए अब हम लोग जो 206 सौ मेन अभी ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं अब आइए हम लोग उसके बारे में जानने वाले हैं तो हमने कार्टिलेज के बारे में जान लिया अब आइए हम लोग जो 206 बोन पाए जाती हैं उसके बारे में जानते हैं तो जो दूसरा है, हम लोगों का 206 बोन यह दो पार्ट में डिवाइड होता है पहला क्या होता है पाला होता है अपलेंडी अपलेंडी कूलर बोन अपलेंडी कूलर बोन और दूसरा क्या होता है एक्सीयल बोन एक्जियल एक्जियल बोन इसमें कितनी हड्डी पाई जाती है इसमें 126 हड्डी पाई जाती है और एक जीएल बोन में 80 हड्डी पाई, पाई जाती है इसमें 126 बोन पाई जाती है इसमें 80 बोन पाई जाती है इसके अंदर कौन कौन सा आता है तो इसके अंदर जो अपलेंडिकुलर बोन होता है इसके अंदर चार प्रकार के हड्डियां आती हैं तो जो अपलेंडिकुलर बोन होता है इसके अंदर चार हड्डी पाई जाती है एक होता है अपरलिम्ब अपर लिंब एक होता है लोअर लिंब एक होता है पेक्ट्रोल ग्रिडल और एक होता है पेल्विक ग्रिडल जो अपेंडिकुलर बोन होता है इसमें चार प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं पाला क्या होता है पाला होता है अपर लेम दूसरा क्या होता है लोअर लेम तीसरा क्या होता है पेक्ट्रोल ग्रिडल चौथा क्या होता है पेल्विक ग्रिडल और जो हमारा एक्सियल बोन होता है इसमें भी चार प्रकार के हड्डियाँ पाई जाती हैं या चार प्रकार के हड्डियों का समूह होता है इसमें इस पाले क्या होता है पहला क्या होता है पहला होता है स्कल खोपड़ी दूसरा कौन होता है वर्टीब्रल कॉलम वर्टिब्रल कॉलम तीसरा क्या होता है स्ट्रम चौथा क्या होता है रिप्स ये सब इसके पार्ट हैं। अपलेंडिकुलर बोन कितने टाइप में होता है चार अपर लेम, लोअर लेम, पेक्ट्रोल गिडल एंड पेल्विक गिडल और जो एक्सीयल बोन होता है वो कितने में होता है चार स्कल वर्टीब्रल काम स्ट्रम एंड रिप्स तो आइए आप हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं तो जो अपलेंडिकुलर का पहला वाला पार्ट है अपर लिम इसमें तीस हड्डियां पाई जाती हैं अभी आइए हम लोग इसके बारे में बाद में जानेंगे अब आइए हम लोग इसके बारे बारे में पढ़ते हैं एक एक के बारे में तो पहले जो अपलेंडिकुलर बोन है और एक्सियल बोन है तो पहले हम लोग अपलेंडिकुलर बोन को पढ़ेंगे फिर इसके बाद एक्सियल बोन को पढ़ेंगे तो आइए पढ़ते हैं तो आइए हम लोग अपलेंडिकुलर का जो पहला वाला है पहला क्या है अपलेंडिकुलर हम लोग पढ़ेंगे अपलिंडी कूलर कूलर बोन इसकी टोटली संख्या 126। ट्वेंटी इसमें जो पहला है इसमें जो पहला है वह क्या है अपर लिंब अपर लिंब अपर लिंब का एग्जाम्पल क्या होता है हमारा हैंड होता है लेफ्ट एंड राइट दोनों हैंड जो हमारा हैंड यहां से लेकर यहां तक है यह किसका एग्जांपल है अपर लिम्ब का तो आइए इसके हड्डी के बारे में जानते हैं तो इसमें सबसे बड़ी एक हड्डी होती है जो हैंड होता है इसमें यहां से लेकर यहां तक एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है ह्यूमरस और जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है जैसे मान लीजिए यह हम लोगों का ह्यूमरस बोन हो गया यह कौन सा है एक बोन है इसका क्या नाम है ह्यूमरस ह्यूमरस या क्या है ह्यूमरस अब इसी से इसी से दो हड्डियां जुड़ी रहती हैं इसी से दो हड्डियां जुड़ी है रहती हैं। एक का नाम होता है अल्ना, एक का नाम होता है रेडियस जो अल्ना होता है वह अंदर की तरफ होता है जो रेडियस होता है वह बाहर की तरफ होता है जो अल्ना होता है वह पतला होता है और अंदर की तरफ होता है जो रेडियस होता है वह मोटा होता है बाहर की तरफ होता है तो आइए हम लोग उसकी संरचना को बनाते हैं यह क्या हो गया यह हो गया अलना यह क्या हो गया अलना और यह क्या हो रेडियस ये दो हड्डियां हैं अल्ना जो होता है या पतला होता है और इनसाइड अंदर की तरफ पाया जाता है और जो रेडियस होता है वह मोटा होता है आउटर साइड बाहर की तरफ पाया जाता है अब यहाँ तक हो गया हमने ह्यूमरस को जान लिया और अल्नावा रेडियस यहाँ पर पाए जाते हैं जो अंदर की तरफ है अंदर की तरफ इसे अलना बोलते हैं और यहाँ पर जो हड्डी है इसे रेडियस बोलते हैं और यहां, है, है। और यहां से लेकर यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक के हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक के हड्डी को अल्नावा रेडियस बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक दो हड्डियाँ पाई जाती है एक हड्डी होती है अंदर की तरफ जिसे अलना बोलते हैं एक हड्डी होती है बाहर की तरफ जिसे रेडियस बोलते हैं अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर हम लोगों में कार्पस पाया जाता है कार्पस यहाँ पर कंचे नुमा संरचना होती है जिनकी संख्या आठ होती है तो आइए हम लोग उसे बनाते हैं तो अब यहीं पर ऐसे कंचे संरचना में आठ हड्डियाँ पाई जाती हैं छोटे छोटे से गोली होते हैं आठ हड्डियाँ होती हैं इसका नाम है कार्पस इसका नाम है कार्पस और इसकी संख्या कितनी है तो इसकी संख्या है आठ है और जो रेडियस है रेडियस की संख्या होता है एक और जो अलना है इसका संख्या होता है एक और जो ह्यूमरस होता है इसका संख्या होता है एक और जो कार्पस है इसकी संख्या आठ है यहां पर पाए जाते यहां पर ऐसे कंचे नुमा से संरचना होती है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ जो ये हड्डियां निकले हुए है ना यही है ये यह जो यहां पर निकला हुआ है उठ उभरा हुआ है यही है कार्पस अब इसके बाद यहां से मतलब मान लीजिए कार्पस हो गया अब यहीं पर ऐसे जैसे मान लीजिए यहां पर कार्पस हुआ अब यहां से लेकर यहां तक जैसे मान लीजिए ये हड्डी है और ये हड्डी है और ये है और और ये है और एक हड्डी यहाँ पर है यह जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हड्डी है इसका नाम मेटाकार्पस है यहाँ से लेकर यहाँ तक यह कार्पस है और यह यहाँ तक ये जो पांच हड्डियाँ है इसका नाम है मेटाकार्पस तो मेटाकार्पस जो है इसका संरचना कुछ ऐसे है मान लीजिए जैसे अंगूठे का हो गया या मेटा कार्पस या अंगूठा हो गया जैसे मान लीजिए अंगूठे का है मेटाकार्पस कार्पस हमारी पहली उंगली का है या दूसरी का पांच मेटाकार्पस होंगे क्योंकि अंगुलियों की संख्या पाँच है तो इसी से मेटा से ही तो उंगलियाँ मिलकर बनी होती हैं तो यह हो गया पांच मेटाकार्पस कार्पस यहाँ तक जैसे हम लोग इसको मोड़ लें और यहाँ से एक दो तीन चार और यहाँ पर पाँच हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक तो इसे क्या बोलेंगे मेटाकार्पस बोलेंगे तो यह मेटाकार्पस हो गया अब मेटाकार्पस के बाद अब यहाँ पर देखिए ये जो तीन पोले हैं एक दो तीन इसका नाम क्या फ्लेजिलेस क्या नाम है फ्लेजिलेस एक दो तीन इसमें है तीन इसमें है तीन इसमें है तीन इसमें है और दो हमारे अंगूठे में है एक दो तो आइए हम लोग इसकी संरचना को बनाते हैं नहीं अंगूठा में दो है एक है दो और इन सब में तीन तीन होते हैं तो आइए बनाते तो यह हमारा अंगूठा है तो अंगूठे में इसकी संख्या कितनी होती है दो फ्लैज की इसका नाम लिख देते हैं इसका नाम है मेटाकार्पस, मेटाकार्पस, मेटाकार्पस। और टोटली इसमें कितने बोन है पांच है तो इसकी संख्या हो जाएगा पांच फिर इसके बाद इसके नीचे आते हैं तो यहां पर बना होता है फ्लैजलेस तीन ऐसे ये जो पोल हैं एक दो तीन तो ये पोल इसमें ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं इसमें जो अंगूठा है यहां पर केवल दो पाए जाते हैं इन सभी में तीन तीन तो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फ्लैजलेस फ्लैज और इसकी संख्या कितना होता है तो तीन इस, इन सभी में तीन तीन है तीन छह नौ बारह दो चौदह तो इसकी संख्या टोटली कितना होता है चौदह होता है तो अब जो यह बोन होता है इसमें पूरा यह पूरा जो है इतना पूरा यह अपर लिंब का भाग है इतना पूरा जो है या, किसका भाग है अपर लिंब का और अपर लिंब में कितने हड्डियां पाई जाती हैं तो एक हुआ दो हुआ, हुआ तीन हुआ आठ तीन ग्यारह पांच सोलह सोलह चौदह तीस तो जो अपर लिंब होता है इसमें टोटली कितने बोन्स पाए, पाए जाते हैं थर्टी बोन्स पाए जाते हैं थर्टी बोन्स पाए जाते हैं यहां से लेकर यहाँ तक कि हड्डी का नाम ह्यूमरस यहां से लेकर यहां तक दो हड्डिया अंदर की तरफ रेडियस बाहर की तरफ फिर यहाँ से यहाँ पर आठ कंटिनस रचना पाए जाते हैं जिसका नाम कार्पस फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पांच हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसका नाम मेटाकार्पस। फिर यहाँ पर पोल्स होते हैं यहाँ पर इन्हें क्या बोलते हैं फ्लैजलेस इनके संख्या कितनी होती है इनके संख्या पूरा होता है चौदह इन फ्लैजलेस की संख्या चौदह तो यह पूरा हो गया अपर लिंब का पार्ट अब आइए हम लोग लोअर लिंब के बारे में जानते हैं अब इसमें बी वाला क्या है लोअर लिम लोअर लिम लोअर लिम्ब इसका एग्जांपल क्या होता है लेग दोनों जो पैर होते हैं लेफ्ट वाला भी एंड राइट वाला भी इसका एग्जांपल होता है लेफ्ट तो अब आइए लेफ्ट हड्डी के बारे में जानते हैं तो जो लेफ्ट हड्डी होता है सबसे बड़ी यहां जो कमर से लेकर यहां घुटने तक होता है इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है फीमर तो आइए इस हड्डी को बनाते हैं ये थोड़ा सा मोटा होता है इसका क्या नाम है फीमर और इसकी संख्या एक होता है फिर इसके बाद यहां से फीमर से दो हड्डियां जुड़ी रहती हैं एक का नाम है टीबिया और एक का नाम है फेबूला यहां पर दो हड्डियां ऐसे जुड़ी रहती हैं यहां पर इसे क्या बोलते हैं फेबूला या अंदर की तरफ होता है और यह पतला होता है और इसके संख्या कितना होता है एक होता है और यहां पर पाया जाता है यह वाला इससे मोटा होगा यह हो गया टीबिया इसका संख्या एक, जो फेबुला होता होता है है या अंदर की तरफ होता है, तथा पतला लेकिन यह अत्यधिक मजबूत होता है और, और यह हमारे पैर में अंदर की तरफ पाया जाता है या हमारे पैर में बाहर की तरफ पाया जाता है तथा इन्हें को जोड़ने वाली यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है यहाँ पर जिसका नाम है पटेला जिसका क्या नाम है पटेला पटेला इसके संख्या कितना होता है एक होता है तो यहाँ पर हो गया पटेला और यह हो गया टीबिया यह हो गया फेवला अब इसके बाद अब इसके नीचे कंचे जैसे हाथ में यहाँ पर कंचे कार्पस पाए जाते हैं तो ऐसे यहाँ पर कंचे नुमा हड्डियाँ पाई जाती हैं जिसका नाम है टारसेल्स और इनकी संख्या यहाँ पर कितनी होती है सात होती है केवल सात होती है या ऐसे एक के ऊपर एक बने होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है केवल सात होती है तो इनका क्या नाम है टारसेल्स टारसेल्स इनकी संख्या सात फिर इसके बाद इसके नीचे फिर पैर जो होता है यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक जैसे मान लीजिए या अंगूठे का है या पहले अंगुली का दूसरे का तीसरे का और या चौथे का तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेटा टारसेल्स मेटा टारसेल्स इसकी संख्या कितना है इसका संख्या है पांच तो टीबिया व फे फेबुला व टीबिया के नीचे कंचे नुमा संरचना पाए जाते हैं जिससे हमारा एड़ी होता तो जो ऐसे से हिलता डुलता रहता है तो इसे क्या बोलते हैं टारसेल्स और जो टारसेल्स होते हैं इनके संख्या होता है सात फिर इसके नीचे आता है मेटा टारसेल मेटा टारसेल्स ही मिलकर पैर का निर्माण करता जो ऐसे हम लोग रखते हैं जिसे पावली बोलते हैं तो उसी का निर्माण यह करता है फिर इसके आगे एक संरचना पाया जाता है जो जैसे उंगलियों में यहाँ पर ऐसे संरचना पाए जाती है वैसे पैर में पाया जाता है तो यहाँ पर जो इसकी संरचना होती है या मान लीजिए अंगूठे का है तो अंगूठे में दो पाया जाता है और जो ये सभी इन सभी में तीन पाया जाता है ऐसे रहता है अंगूठा का थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि अंगूठा बड़ा होता है और ऐसे इन सभी की ऐसा होता है या हो गया तो इसे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे फ्लैजलेस फ्लैजलेस और इनके संख्या कितना होता है यहां पर तीन चार में तीन तीन है तो बारह दो चौदह तो इनकी पूरी संख्या कितना होता है चौदह तो जो पैर की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर फीमर के नीचे दो हड्डियां हड्डियाँ फेबूला एक टीबिया फेबूला व टीबिया की जो फेबूला होता है अंदर की तरफ टीबिया जो होता है बाहर की तरफ तथा ह्यूमरस फीमर फीमर तथा और को जोड़ने वाली हड्डी का नाम पटेला फिर इसके नीचे कंचे नुमा पाए जाते हैं जिससे बोलते हैं टारसेल तो, टारसेल्स के बाद जो पाउली का निर्माण करता है उसे बोलते हैं मेटा टारसेल मेटा टारसेल्स की संख्या पांच टारसेल्स की संख्या सात फिर इसके बाद आता है अंगुल का अंगुलियों का जो पोल होता है उसे बोलते हैं फ्लैजलेज उसकी संख्या कितना होता है चौदह तो जो लोअर लिंब होता है इसमें टोटली बोन की संख्या कितना हो गया एक दो तीन चार चार हो गया और यहाँ पर पाँच चार नौ और इतना पूरा मिलाकर के कितना हो जाएगा तीस बोन हो जाएंगे तो जो लोअर लिंब होता है इसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है तीस होता है अपर लिंब में तीस लोअर लिंब में तीस तो अब आइए इसके बाद इसमें हम लोग तीसरा पढ़ेंगे तो अब अपेंडिकुलर बोन के हम लोग जो तीसरा पार्ट है उसका क्या नाम है पेट्रोल ग्रिडल उसका क्या नाम है पेक्ट्रोल ग्रिडल तो आइए उसके बारे में जानते हैं पेक्ट्रोल ग्रिडल तो गाइस जो पेट्रोल ग्रिडल होता है इसमें दो हड्डी पाई जाती है एक हड्डी का नाम है स्कैपुला स्कैपुला और दूसरी हड्डी का नाम क्या है एक का नाम है स्कापूला दूसरी का नाम है क्लेविकल बोन क्लेविकल बोन जिसे ब्यूटी बोन के भी नाम से जानते हैं इसे ब्यूटी बोन के भी नाम से जानते हैं तो जो पेट्रोल गिडल होता, होता है इसमें एक हड्डी होता है स्कैपूला और एक हड्डी होता है क्लेविकल बोन जिसका दूसरा नाम क्या है ब्यूटी तो अब जो हम लोगों का जो यह होता है पेट्रोल गिडल एक यहाँ पर जो ऐसे उभरा हुआ है यहां पर और यहाँ पर तो इसकी पूरी संख्या दो होती है इसकी संख्या होता है दो तो एक एक पेट्रोल गिडल में एक पेट्रोल गिडल में कितनी हड्डियाँ दो तो दो पेट्रोल गिडल में कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी तो पूरा हड्डी हो जाएगा चार तो इसमें जो हड्डियों की संख्या होता है कितना होता है चार होता है जो पेट्रोल गिडल होता है इसमें हड्डियों की संख्या चार होता है एक हड्डी का नाम स्कैकुलर दूसरे का नाम क्लेविकल बोन या इसे ब्यूटी बोन बोलते हैं तो आइए इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं जैसे एक पेक्ट्रोल गिडल यहाँ पर है एक पेक्ट्रोल गिडल यहाँ पर है दो पेक्टोल गिडल एक पेक्ट्रोल गिडल में हड्डियों की संख्या दो तो दो पेक्ट्रोल गिडल में हड्डियों की संख्या चार हो जाएगा तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है ऐसे हमारे पीठ पे उभरा हुआ रहता है ऐसे होता है या क्या है इस हड्डी का क्या नाम है स्कापुला स्कापुला अब इसके बाद इसी से होते हुए यहां से इस कैपुला से होते हुए एक हड्डी ऐसे यहाँ पर आई है इस कैपुला से होते हुए एक हड्डी यहाँ पर आई है तो इसका क्या नाम है स्पाइन ऐसे यहाँ से उभरी हुई एक हड्डी आती है यहां पर इसका क्या नाम है स्पाइन तथा अब यहाँ पर एक पहली हड्डी या हो गए हम लोगों का स्कापुला हो गया स्कापुला से ही स्पाइन हड्डी निकला हुआ है जो स्कापुला है ना वह आगे चलकर सकरा हो जाता है तथा इससे एक हड्डी निकलती है जिसका नाम है स्पाइन तथा यहाँ से हम लोगों को चेस्ट से यहाँ से ऐसे दो हड्डियाँ जाती है ना एक इधर पेट्रोल डीजल की तरफ एक इधर तो यहाँ से ऐसे एक हड्डी जो जाती है यहाँ से इसका क्या नाम है इसका नाम है क्लेविकल बोन या ब्यूटी बोन तो यह जो क्लेविकल बोन है यह इसे सामने से आती है मतलब यहाँ चेस्ट से होते हुए तो ऐसे या सामने से आती है या बोन तो इसका क्या नाम हो गया क्लेविकल बोन क्लेविकल इसका क्या नाम हो गया क्लेविकल बोन क्लेविकल बोन तो यह स्कैपुला है स्कैपुला से यहाँ पर स्पाइन ए खडी है यहाँ से क्लेविकल आई अब ये दोनों जहां पर मिलेंगे हां पर जहां पर ये मिलेंगे इसे क्या बोलेंगे तो इसे बोलेंगे एक्रोमियम प्रोसेस पर ये मिलते हैं इसे बोलते हैं एक्रोमियम एक्रोमियम प्रोसेस प्रोसेस फिर इसके बाद यहीं पर एक जो स्केपला हड्डी होता है यहां पर एक खांच पाया जाता है जहां से हाथ की हड्डी आकर जुड़ती है इसे क्या बोलते है? हैं इसे बोलते हैं ग्लिनवाइड कैिटी इसे बोलते हैं ग्लिनवाइड कैविटी तथा यहाँ से जो हाथ की हड्डी होती है वह आकर जुड़ती है हाथ की हड्डी है इसका क्या नाम हो जाएगा ह्यूमरस इसका क्या नाम हो जाएगा ह्यूमरस तो अब यह स्केपुला का एक हड्डी स्कैपूला एक हड्डी हुआ दूसरा हड्डी का नाम क्या हुआ क्लेविकल तो पेट्रोल गिटल में दो हड्डियां पाई जाती हैं जो पीछे की तरफ उभरा होता है उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं स्कैपुला तथा यहां से एक हड्डी निकलती है स्पाइन सामने से एक हड्डी जाते है क्लेविकल जिसे ब्यूटी वोन बोला जाता है ये दोनों यहाँ पर आते हैं यहीं पर मिलते हैं जिसे बोलते हैं एक्रोमियम एक प्रोसेस जहाँ पर ये मिलते हैं ठीक इसके नीचे यहाँ पर इस कैपुल खाच पाया जाता है जिसे बोलते हैं ग्लीन कैविटी तथा यहीं से हमारे हैंड का ह्यूमरस वाला भाग यहाँ पर जुड़ा रहता है तथा ऐसे ऐसे लोकोमोशन करता है मोमेंटम करता है लोगो मोसन मोमेंटम करता है तो गाय इसकी संरचना इस, इस साइड की ठीक उसी प्रकार से इस साइड की संरचना होगी तो दोनों साइड की संरचनाएं समान होंगी तथा सेम बोन होंगे तो एक क्रेम एक एक, एक पेक्ट्रोल गिडल में हड्डियों की संख्या दो होती है तो दो पेक्ट्रोल गिडल है टोटली संख्या उसकी कितना हो जाएगा चार हो जाएगा तो इसमें टोटली चार हड्डियाँ पाई जाती है इसके बाद इसमें इसका डी वाला है जिसका क्या नाम है पेल्विक ग्रिडल पेल्विक ग्रिडल यह हड्डियाँ हमारे कमर में पाई जाती हैं पेल्विक ग्रिडल इसका जो संख्या है इसका संख्या केवल दो है और इसमें हड्डी का नाम क्या है इसमें एक एक, एक पे, पेल्विक ग्रिडल के एक भाग में एक हड्डियां पाई जाती हैं तो दो भाग इसके होते हैं आइए भी चित्र के माध्यम से समझ, समझाते हैं तो इसमें हड्डी का नाम क्या है कॉगजल बोन जिसके संख्या कितनी होती है दो होती है तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है ये आगे की तरफ ऐसे खुले हुई तथा पीछे की तरफ ऐसे जुड़ी हुई होती है या आगे की तरफ खुले हुई होती हैं तथा पीछे की तरफ जुड़ी हुई होती हैं तथा यहाँ पर इसे बटवारा करने वाला यहाँ पर एक प्यूबिस सिंफैसिस नाम का जक्शन होता है तो जहाँ से ये जुड़ी होती है पीछे पे इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं पेविस सिंफैसिस इसे क्या बोलते हैं प्यूबिस सिंफैसिस प्यूबिस सिंफैसिस इसका नाम है इसका नाम जहाँ से ये दोनों हड्डियाँ जुड़ी होती हैं इसे बोलते हैं प्यूबिस सिंफैसिस तथा जो ये हड्डियाँ हैं इसका क्या नाम है कागजल बोन इसका क्या नाम है कागजल बोन इधर का भी हड्डी का नाम क्या हो जाएगा कागजल बोन कागजल बोन तो एक हड्डी ये हुआ एक हड्डी ये हुआ तो दोनों हड्डियां मिलकर दो हड्डी का निर्माण करती तो पेल्विक गिडल में दो हड्डियां पाए जाती हैं तथा यह एक काजल बोन तीन हड्डी से मिलकर बना होता है उसका इसमें नाम हम लोग मतलब नहीं उसकी संख्या ऐड नहीं करेंगे लेकिन इतना जानते रहेंगे कि एक पेलवी नहीं जो एक कागजल बोन होता है वह तीन प्रकार के हड्डियों से मिलकर बना होता है एक का नाम क्या होता है इलियम इसका नाम है इलियम इसका नाम है इसम इसका नाम है इलियम इसका नाम है इसका नाम है प्यूबिस प्यूबिस तो यहाँ पर ये एक कागजल बन तीन हड्डी से मिलकर बना होता है तो इसका भी नाम होगा एलियम इसका भी नाम इसम इसका भी नाम प्यूबिस लेकिन इसकी संख्या को हम लोग गाइड नहीं करते हैं केवल जो पेल्विक गिडल होता है इसमें हड्डियों की संख्या दो होती है एक हड्डी का क्या नाम है बोन इस साइड भी पाया जाता है इस साइड भी पाया जाता है और यह जो होता है जहां से जुड़ा होता उसे से, है उसे बोलते हैं या पीछे की तरफ जुड़ा होता है तथा आगे की तरफ ऐसे खाली रहता है तो दोस्तों हमने अपेंडिकुलर बोन के बारे में जान लिया तो बस आज का वीडियो यहीं तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक्जियल बोन होता है जिसकी संख्या 80 होती है उसके बारे में जानेंगे तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत